Friends, Hi friends, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए मैं मैंने कैसे कंप्यूटर कम, को एल जी डी में कैसे कनेक्ट किया है आ ये, आ ये मैं मैंने अपने कंप्यूटर को एल जी डी में कैसे कनेक्ट किया है मेरा कैसे कैसे क्या पीछे दिखाओ कंप्यूटर के अपने केबल केबल है ये आपकी हैं अच्छा आप इसे स्टार्ट करके दिखाइए आप या आपने एलसीडी में कनेक्ट कर दी है ना से एपारे से।, एपारे से आप करते ठीक है एच डी एम आई केवल लगा दी है और एच डी एम आई भी लगाने के बाद में सॉफ्टवेयर इसमें गाने भी वॉइस भी आता है क्या बोले थे आवाज आती है बिना उसके केबल लगाए ठीक है लगाओ तो गा, गाना प्ले करो हमें पता चले बाकी बाकी बाकी दो। दो। हाँ ये तो आपसे ही बता रहे थे एच डी मै केवल लगने से ऑक्स की जरूरत नहीं पड़ती है आपकी वॉइस भी आ रही है इसके अंदर और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ये आपने साढ़े तीन सौ रुपये की एच डी एम आई केबल परचेज की थी जी ये आप, आपने असम्बल करने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं है केबल लगाने में दिक्कत तो नहीं आई इजी हो गई इसी तरीके से आपने अपने एल सी डी में एल ई डी में कनेक्ट कर लिया कंप्यूटर को बहुत आसानी से है ना दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें